कैसे हैं रसे सार। रसे सार, नमस्कार सर कैसे आप है बहुत ज्यादा हो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है सर कहाँ हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा। तो ना रहे है है किसी ने हेलो सर आवाज आ रही है ना नमस्ते नमस्ते आ... आ... आ... आ... साशकी तुलसी महाविद्यालय और अर्थशास्त्र विभाग की ओर से मैं आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ सर हमारे थर्टी आवर के सर्टिफंड सर्टिफिकेट कोर्स जो कि सतत विकास पर आधारित है और आज की व्याख्यान के लिए हमारे बीच उपस्थित है मनमोहन लाल विश्वकर्मा सर और सर को वैसे सभी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे इससे पहले भी सर ने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में अपने व्याख्यान दिए हैं और हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देते हैं तो थैंक यू सो मच सर आपने इस बार भी हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला और मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं और आ, मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आज आप अपना जो व्याख्यान है वो आ, हमारे बच्चों के बीच प्रस्तुत करें सर सही है हेलो हाँ, हाँ, हाँ सुनाई दे रहा है मैं हाँ हाँ सबसे पहले तो शासकीय तुलसी कॉलेज अनुपुर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया और इसी क्रम में थोड़ी से अंधेरा होगा लाइट यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो फिर भी मुझे लगता है कि आवाज सुनाई दे रही होगी सभी छात्रों को समय ना लेते हुए मुझे लगता है कि अपने व्याख्यान को शुरू करना चाहिए मैं थोड़ी सी अपना वीडियो बंद कर देता हूँ ऑडियो चलते रहेगा क्योंकि लाइट की की जाने वजह से अंधेरा टाइप पूछा गया है क्या आ, सुनाई दे रहा है सभी छात्रों को जी जी आ, जैसा कि आज का आ, जैसा कि आज का टॉपिक हैोटोकॉल एवं जलवायु परिवर्तन वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास आई है जलवायु परिवर्तन पर्यावरण की समस्याएं जो मुद्दा है और इस मुद्दे को इस टॉपिक के रूप में शासकीय महाविद्यालय ने एक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया है यह बहुत ही अच्छी बात है छात्रों मैं बताना चाहूंगी जब मनुष्य आया पृथ्वी पे प्रकृति ने मनुष्य को पृथ्वी पे भेजा और मनुष्य को रहने के लिए प्राकृतिक उपहार भी दिए मनुष्य को निवास करने के लिए तीन प्रमुख चीजें थी भोजन पानी और वायु प्रकृति ने तीनों चीज मुफ्त में दिया था तीनों चीजों को प्रकृति ने मुफ्त में दिया था भोजन आदमी जंगल में जाता था अपना फल फूल जो भी उसको खाने योग्य चीजें मिलती थी वह तोड़ता था खा लेता था फ्री में मिल जाता था फिर उसके बाद जल नदी में नदी में स्वच्छ जल बहता था पानी मनुष्य खाना खाने के बाद पानी पी लेता था और हवा भी स्वच्छ मिलती थी लेकिन मनुष्यों ने उस प्राकृतिक अवस्था को बदलने के चक्कर में जिसको उन्होंने कहा हमें आधुनिक होना है आधुनिक होने के चक्कर में क्या किया कि जो हमें मुफ्त में चीजें मिलती थी उसे उसने बाजार के साथ जोड़ दिया मनुष्य ने कहा कि हमको विकसित होना है विकसित होने के लिए वह एक शब्द समाज का निर्माण करने लगा शब्द समाज का निर्माण करने के चक्कर में क्या किया चीजों को बाजार से जोड़ दिया अब जो हमें मुफ्त में भोजन मिलता था उसे खरीदना पड़ता है पैसा देना पड़ता है उसके लिए फिर उसके उसके बाद मनुष्य ने और विकास किया जिसको तथा विकास कहा मनुष्यों ने अपना विकास और करने के क्रम में विकास करते रहा करते रहा अब क्या हुआ जो जल मुफ्त में भोजन तो बाजार ने दे दिया कि उसको खरीदना पड़ेगा उसके बाद जल लिया जल को इतना प्रदूषित कर दिया अपने विकास के चक्कर में कि आज स्वच्छ जल हमें पीने योग्य कहीं नहीं है हमको कृत्रिम यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है स्वच्छ जल पीने के लिए भोजन खरीदना पड़ा जल स्वच्छ नहीं उसको भी खरीदना पड़ रहा है तीसरा था मुफ्त में वायु वायु को भी मनुष्यों ने अपने औद्योगिकरण या अपने विकास के चक्कर में इतना ज्यादा प्रभावित किया कि अब वायु भी प्रदूषित हो गई। इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या हुआ? जो हमें मुफ्त में मिलता था उसको खरीदना पड़ा जिसको हम विकास कर रहे हैं वो विकास ना के बल्कि एक बाजार का यंत्र बन गया इसी के संदर्भ में उन्नीस में एक मीटिंग होती है आवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसमें बताया गया कि मनुष्यों ने विकास के चक्र में इतना अधिक औद्योगिकरण किया इतना ज्यादा औद्योगिकरण किया कि जो पर्यावरण या जो हमारा पृथ्वी पे वस्तुएं मुफ्त में मिलेंगी या फ्री में मिलेंगी प्रकृति ने जिसे निःशुल्क उपहार के रूप में दिया था वह नुकसान हो रहा है उपहार के रूप में क्या दिया था सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है जिससे पृथ्वी का तापमान 15 दो पंद्रह जितना सूर्य का प्रकाश होता होता दो अभवा हिस्सा पृथ्वी पे के मात्र आता है उससे पृथ्वी 15 प्रतिशत गर्म रहती है गर्म रहती है तो जिसकी वजह से जो जल है पृथ्वी पे आप लोग जानते हैं सत्तर जल का हिस्सा है सत्तर से अधिक भाग अधिकल का तो मानव जीवन संभव नहीं है माइनस अठारह डिग्री टेम्परेचर तो प्रकृति इतना अच्छा व्यवस्था सूर की सूर्य की रोशनी आती है फिर वह वापस भी चली जाती है उसमें जो हानिकारक किरण होती है जिसे अल्फ्रा रेड किरण चूकी हुए भूल या विज्ञान का विषय है मैं उसमें टेक्निकल शब्दों से बोल के आपको परेशान नहीं करूंगा हमें हमारे पृथ्वी से आठ दस किलोमीटर ऊपर पे एक लेयर बनाया है उन खराब किरणों को रोक देती है वगैरह से और कुछ अच्छी किरणों को पृथ्वी पर आने देती है फिर उसका इक्यावन प्रतिशत पृथ्वी पर रुकता है और बाकी हिस्सा वापस चला जाता है उस इक्यावन हिस्से से हमारी पृथ्वी पंद्रह प्रतिशत गर्म रहती है पंद्रह प्रतिशत पृथ्वी की गर्म रहना आवश्यक है ताकि जल बर्फ ना बने या ठोस रूप में ना हो तरल रूप में बना रहे तरल रूप में बना रहेगा तो हमको स्वच्छ जल और पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण को गर्म होने से रोका जा सकता है यदि पृथ्वी गर्म हुई पंद्रह प्रतिशत से अधिक गर्म हुई तो होगा क्या कि जो बर्फ है पहाड़ों पे बर्फ जो जमे हुए या समुद्र की सतह पे जो बर्फ जमे हुए वो पिघल जाएंगे जब पिघल जाएंगे तो एक किलो एक मीटर जिस हिसाब से उन्नीस सौ बहत्तर में रिपोर्ट का कामन और फ्यूचर के प्रस्तुत हुई उसमें यह बताया गया कि अगर यही बढ़ने का दर रहा तो अगले इक्कीसवीं शताब्दी तक एक मीटर तक जल का स्तर बढ़ जाएगा अगर एक मीटर जल का स्तर बढ़ गया तो इसी पृथ्वी पे कई देश डूब जाएंगे जब देश डूब जाएंगे तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा अब हुआ क्या कि उन्नीस में आवर कॉमन फ्यूचर के तहत आवर कामन फ्यूचर के तहत बताया गया कि पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है पहली बात बताया गया पर्यावरण की गुणात्मकता जल को साफ रखती है जल हमारे जल साफ रहेगा तो वायु भी साफ रहेगा उसका एक रिलेशन है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा गुणात्मकता पर्यावरण की गुणात्मकता बरकरार रखने की बात की गई दूसरा कहा गया पर्यावरण होने वाली क्षति का भविष्य में उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा पहली बात वर्तमान में जल न, न, न, जल प्रदूषित हो जाएगा जो हमें पीने योग्य नहीं मिलेगा मानव जीवन संभव नहीं है जल दूसरा, अगर हम इसी तरह से को नुकसान करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को भी हमें आ, जो वर्तमान में उपभोग हो रहा है आने वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं हो पाएगा इसी के संदर्भ में एक धारणिक विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा दी गई उन्नीस सौ में उन्नीस में कहा गया कि हमें अपने संसाधनों का इतना उपभोग करना है ताकि आने वाले भविष्य को भी आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन उतना ही मिल सके ऐसा ना हो कि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों को अभी उपभोग कर जाए और आने वाली पीढ़ी को कुछ मिले ही न प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं एक नवीनीकरण एक अनवीनीकरण नवीनीकरण साधन क्या है जिसका उपभोग कर जाएंगे वो फिर दोबारा बन जाएगा अनवीनीकरण ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपभोग आप करेंगे फिर वो जल्दी नहीं बनेगा जैसे कोयला पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल जिसको कहते हैं इन सब का अगर उपभोग आप ज्यादा मात्रा में कर गए तो यह दोबारा नहीं मिलेगा जब दोबारा नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी को तो ऊर्जा की जरूरत है तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी उसको भी दिक्कत होगी आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यह होता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपभोग करना है इतना ही उपभोग करना है ताकि भविष्य के आने वाली पीढ़ी को भी संसाधनों का संसाधन प्राप्त हो सके अब हम टॉपिक पे आते हैं क्यू प्रोटोकॉल जैसा कि विषय प्रोटोकॉल और पेरी समझौता यह है क्या क्यूटो प्रोटोकॉल क्यूटो प्रोटोकॉल थोड़ी सी पहले मैं बताता हूं लेकिन उसके पीछे भी जाना पड़ेगा तब आपको किटो प्रोटोकॉल समझ में आएगा क्यूटो प्रोटोकॉल क्या है किटो में क्यूटो जापान का एक शहर है जापान का शहर है वहां पे क्या हुआ कि पर्यावरण के संबंध में उन्नीस में, में कई कई देशों का मीटिंग रखा गया कई देशों ने एक मीटिंग किया जापान के शहर में और उस मीटिंग में कई समझौते हुए इसीलिए उस समझौते को क्यूटो विज्ञप्ति या क्यूटो प्रोटोकॉल कहा जाता है मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया क्यूटो प्रोटोकॉल क्या है क्यूटो प्रोटोकॉल कई देशों कई देशों ने पर्यावरण के संबंध में आपसी समझौता करने के लिए जापान के क्यूटो शहर में एक समझौता किया जिसे विज्ञप्ति या प्रोटोकॉल कहा जाता है है ठीक इसमें क्या किया गया था पर्यावरण में जो हराश हो रहा है या पर्यावरण के संबंध में जो हराशमेंट या उसका उपभोग तेजी से हो रहा है उसको रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण उसको उसके लिए एक मीटिंग की गई थी विश्व के कई देशों द्वारा एक देश थे बाद में एक अस्सी के आसपास पहुंच गए अच्छा, इससे पहले पहले, पहले, हुआ क्या था? अब मैं क्यूटो क्यूटो मैं क्यूटोस को को समझाने से से क्यूटो प्रोटोकॉल बताने आपको थोड़ी सी पीछे ले उन्नीस सौ बानवे में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरो में जिसको रियो सम्मेलन कहा जाता है रियोडीजेनरो में या रियो में कई विश्व के कई देशों द्वारा पर्यावरण के संबंध में एक मीटिंग रखी गई जिसे पृथ्वी सम, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरण का बहुत तेजी से हराश हो रहा है पर्यावरण के हराश को रोकने के लिए हमें आ, हमें आ, जल्दी से जल्द एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण हराश को रोका जा सके यह था क्या पर्यावरण हराश का अर्थ मतलब था क्या उन्नीस सौ उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस सौ के, के बीच में कई ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं कई विद्वानों ने अपना शोध प्रकाशित किया कि विकास के चक्कर में विकास के चक्कर में कई देशों ने औद्योगिकरण को इतना तेजी से किया है कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को प्रदूषित किया है उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और उससे जो रॉ मेटेरियल खराब पदार्थ निकलते उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है जिसे जल भी प्रदूषित होता है हुआ क्या कि उद्योगिकरण के चक्कर में एक तो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग किया गया बहुत तेजी से उपभोग किया गया प्राकृतिक संसाधन कौन-कौन थे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चे तेल इनका उपभोग बहुत तेजी से किया गया और इनके जलाने से पर्यावरण में विषैली गैसें या हानिकारक गैसें निकली जो पृथ्वी के तापमान तो या जो जिसको हमने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी के ऊपर आठ से दस किलोमीटर के ऊपर कुछ गैसों का एक क्षत बना है जो सूर्य से निकलने वाली किरणों को रोकती हैं सूर्य से निकलने वाली किरणों को हानिकारक किरणों को इंफ्रारेड किरणों को रोकती हैं उससे होता क्या है कि पृथ्वी तापमान को बना रख, बनाए रखा जाता है उन गैशो में है क्या क्या जलवाष्प है कार्बन डाइऑक्साइड है मिथेन है सल्फर ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड है ऐसे कई प्रकार की गैसें हैं जो पृथ्वी के सूर्य की हानिकारक किरणों को रोक देती हैं। अब हुआ कि औद्योगिकरण से जो कोयला जला कच्चे तेल जले इनसे जो गैसें निकली वो पृथ्वी के उसी लेयर पे जाके बढ़ाने लगी इन गैसों में इन गैसें निकली कौन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन जैसी कई हानिकारक गैसें निकली वह जाके ऊपर की लेयर को और मोटी कर दी ऊपर की लेयर को और मोटी कर दी तो हुआ क्या कि सूर से जो किरड़े आती थी पृथ्वी के नीचे हमने शुरुआत में बताया कि दो अरबवा हिस्सा सूर के किरण समस्त ऊर्जा का दो अरबवा हिस्सा पृथ्वी पे आता है उसका इक्यावन प्रतिशत पृथ्वी पर रुकता है बाकी वापस चला जाता है इक्यावन वह कार्बन डाइक्साइड मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन की किरणों द्वारा रोक लिया जाता है जब इनका लेयर और बढ़ गया तो जो उनचास प्रतिशत वापस कीड़े जाती थी वह वापस न जाके बल्कि पृथ्वी पे ही रुकी रह जा रही है जितनी सूर्य की आती थी, उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, मात्रा जलवास्त की, की, की मात्रा जब बढ़ने लगी तो वह जो गैस पृथ्वी से टकरा के पुनः वापस जाती थी वह रुकने लगी वह रुकने लगी तो उससे हुआ क्या पृथ्वी गर्म होने लगा पृथ्वी पंद्रह से ज्यादा गर्म होने लगी पृथ्वी पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा अगर गर्म जब होने लगी तो तो हमने अभी शुरुआत में इसलिए भूमिका में बताया बैकग्राउंड में बताया पृथ्वी को ज्यादा गर्म नहीं होना है ज्यादा गर्म होगा तो जो बर्फ है वो पिघल जाएंगे और ठंडा भी नहीं होना है नहीं तो पृथ्वी की जो जल है वो जम जाएंगे तो पंद्रह प्रतिशत निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में पृथ्वी गर्म होने लगी उन्नीस से उन्नीस तक कई लेखों में कई विद्वानों के लेखों में यह जानकारी मिली कि पृथ्वी का तापमान 1850 से लेके उन्नीस तक दो प्रतिशत से अधिक गर्म हो गया है पृथ्वी का तापमान 3.8 परसेंट पृथ्वी ज्यादा गर्म हो रही है यही हाल रहा तो इक्कीस दो जैसे 2000 चल रहा है उसी तरह इक्कीस शोक में पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि हम मानव जीवन मानव का जीवित रहना संभव नहीं होगा अब थ्री परसेंट का कुछ आंकड़ा है कि उससे ज्यादा अगर गर्म हो गया पृथ्वी जो इक्कीसवीं शताब्दी तक इक्कीसवीं इक्कीसवीं शताब्दी करें इक्कीस सौस्वी तक पृथ्वी के गर्म होने का अनुमान लगाया गया अब पृथ्वी सम्मेलन में इन सब चीजों को रियोडीज में उन्नीस सौ बानबे में इन सब तथ्यों को उल्लेख किया गया कि इसमें पृथ्वी को गर्म होने नहीं दिया जाएगा अच्छा वह तो पहला सम्मेलन था लेकिन पांच वर्ष बाद बानबे से पांच वर्ष बाद संतानवे में फिर पुनः कई देश मिल बैठते हैं क्यूटो शहर में अब मुझे लगता है कि आप छात्र हैं तो, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला सम्मेलन होता है उन्नीस सौ में फिर दूसरा सम्मेलन होता है उतनी ही बड़ी एक सम्मेलन होता है क्यूटो शहर उन्नीस सौ संतानवे में जापान के क्यूटो शहर में अब इसमें व्यापक समझौता अच्छा बानवे से संतानवे के बीच प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होते रहा लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था पृथ्वी गर्म हो रही थी औद्योगिक देश या विकसित देश अपने उद्योगों को और तेजी से बढ़ा रहे थे या सभी और विकासशील देश भी उसी क्रम में आगे बढ़ गए थे संतानवे में क्यूटो में सम्मेलन होता है एक देश उसमें मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और वह कहते हैं कि औद्योगिक देश है वह तो उद्योग को अपने अपने तेजी से बढ़ा रहे हैं और जो विकासशील देश है विकसित देश हैं, वह भी क्या कर रहे हैं विकासशील देश भी अपने उद्योगों को विकसित देशों की नकल करने के चक्कर में अपना अपने उद्योगों को अंधाधुन बढ़ाते चले जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है पर्यावरण हमने बताई दिया कि पर्यावरण का नुकसान होगा हानिकारक गैसों की वृद्धि होगी तो, तो ग्रीन हाउस गैस जो करते हैं उसकी वृद्धि होने की वजह से अच्छा आपको बता दे ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या था मुख्य ग्रीन हाउस गैस में पानी के जल जलवास्प कहते हैं दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा मीथेन चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड पांचवा ओजोन ये प्रमुख गैसें हैं जिनको आ, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है ये प्राकृतिक रूप में जब तकनी मात्रा में प्रकृति ने निश्चित किया है उतना रहता है तो ठीक है लेकिन उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो वो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है संतान में में इन्हीं इन्हीं मिलनों पे इन सब बातों संतानवे सम्मेलन होता है और उसमें पहली बार वचनबद्धता दोहराई जाती है कानूनी रूप से सबको अपने उत्सर्जन में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में रोकना पड़ेगा और उसमें यह कहा गया कि जो औद्योगिक देश है खासकर अमेरिका यूरोप के देश इन देशों को अपने औद्योगिकरण में कमी लानी होगी क्यों क्योंकि वह विकास के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पे अब उनके नागरिकों को ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर वह और ज्यादा उद्योगिकरण करते हैं तो जो विकसित या गरीब देश है उसका प्रभाव उन पे ज्यादा पड़ेगा वो तो विकसित है वो अपने यहां अः मेडिकल सुविधाएं उपस्थित करवा के मेडिकल कर सुविधाएं लेकर अपने नागरिकों को बचा लेंगे लेकिन जो गरीब देश है उनके यहाँ मेडिकल सुविधाएं उपस्थित न होने की वजह से उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा अब क्यूटो सबको मानना पड़ेगा इसको क्यूटो में जो समझौता होता है हो उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था उन्नीस में, में क्यूटो में सम्मेलन होता है और उन्नीस में मराकेश या मुरक्को में एक सम्मेलन होता है जिसमें क्यूटो, के क्यूटो की की जो संधि होती है क्यूटो में जो बातें किया गया था उसको विस्तृत रूप से विस्तार दिया जाता है और 2005 में क्यूटो संधि को या क्यूटो में जो समझौता हुआ तो उसको प्रभावी किया जाता है और कहा जाता है कि क्यूटो में जितने समझौते किए गए हैं वह अः वह 2008 से 2012 के बीच में शब को लागू करना ही है और 2012 तक अपने औद्योगिकरण को या अपने यहां जितने प्रदूषित जितने प्रदूषक हानिकारक गैसें हैं उनको रोक रोक लिया जाएगा लेकिन दो तक नहीं हो पाया 2015 में पेरिस में समझौता होता है उससे पहले ही 12 से ही समझौता को विस्तार रूप दिया जाता है चार सालों में संधि को लागू करना थोड़ी आसान नहीं था कम हुआ है इसीलिए क्यूटो को और विस्तार किया गया क्यूटो समझौता को और विस्तार किया गया उसको दो चरणों में कर दिया गया एक आठ से बारह दूसरा तेरह से दो तक ये कहा गया कि दो तक समझौते को मानना ही पड़ेगा सबको मुझे लगता है कि जो कड़ी क्यूटो जी जी जो टॉपिक हमारा है प्रोटोकॉल एवं जलवायु परिवर्तन तो की भूमिका आपको से समझ में आ गई होगी कि है क्या क्योंकि क्यूटो, क्यूटो सुनते सुनते आप केवल के बारे के में तो तो तो तो तो तो तो तो तो क्या हुआ सर जो क्यूटो कौन से साल में हुआ था सर उन्नीस सौ संतानवे में हम बार बार बोल रहे हैं कि सौ संतानवे में क्यूटो में समझौता होता है क्यूटो क्या है जापान का एक शहर है दियू? जापान का एक शहर है क्यूटो जिसमें यह, यह समझौता किया जाता है क्या समझौता किया जाता है पर्यावरण के संबंध में समझौता किया जाता है पर्यावरण के संबंध में जितनी हानिकार जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व तो है उसको रोकने के लिए यह समझौता किया जाता है अब इन समझौतों में क्या क्या बातें की गई थी? इसको थोड़ी सी आप जान जाइए हमने बताई दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन इनको रोकने की बात की गई थी यह कैसे निकलते हैं जो हम कोयला जलाते हैं और जो पेट्रोलियम पदार्थ या कच्ची तेल जलाए जिससे उद्योग चलते हैं इन्हीं की वजह से यह ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं अब विश्व को प्यूट सम्मेलन में विश्व को दो भागों में या तीन भागों में मुख्यतः तो दो भागों में बांटा गया एक औद्योगिक देश कहा गया कि जो औद्योगिकरण से तेज है या औद्योगिकरण से अपने देश को आगे बढ़ा दिए हैं औद्योगिक देश और गैर औद्योगिक देश तो उसमें क्या हुआ औद्योगिक देश जिसको हम विकसित देश कहते हैं उसमें मुख्य रूप से अमेरिका रूस और यूरोप के देश यूरोप में जितने भी देश आते हैं फ्रांस जर्मनी जापान फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन सभी देश औद्योगिक रूप से ज्यादा थे तो इसमें दो दो रूप में बांट दिया जाता है औद्योगिक देश और गैर औद्योगिक देश औद्योगिक देश। देशों पर यह नियम बाध्यकारी किया गया कि आपको अपने उत्सर्जन का 40 प्रतिशत हिस्सा कम करना पड़ेगा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग अमेरिका के लिए अलग प्रावधान किया गया था यूरोपीय देश के लिए अलग प्रावधान किया गया था लेकिन औसत रूप में यह कहा 40 प्रतिशत आपको दो तक कम करना पड़ेगा लेकिन सभी देशों ने किया नहीं इसीलिए उसको विस्तार रूप दे के 2020 तक कर दिया गया फिर मैं बता दू टूटो प्रोटोकॉल जो ट्यूटो में समझौता किया गया उसके दो भागों में लागू करने की बात की गई नंबर एक पहला भाग 2008 से 2012 तक दूसरा भाग 2012 से दो हजार से 2020 बीस तक दो भागों में ट्यूटियों के समझौतों को, को लागू करने की बात की गई अब थोड़ी सी अगर आंकड़ों को बता दिया जाए कि आंकड़ों को आंकड़ों की को कोई जरूरत नहीं है हमने नोट किया है लेकिन कोई मुझे लगता है कोई बहुत जरूरत है नहीं बात क्या की गई थी उच्च आय वाले देशों में विश्व जनसंख्या का मात्र 16 प्रतिशत निवास करता है देखिएगा उच्च आय वाले वही औद्योगिक देश जिसको हमने अमेरिका यूरोप के देशों कहा उच्च आय वाले देशों को में विश्व जनसंख्या का मात्र 16 प्रतिशत निवास करता है परंतु यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पचास प्रतिशत अर्थात लगभग पचास हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जित करते हैं सब बाकी पचास पचास प्रतिशत जितने गरीब देश हैं, गरीब देश जितने भी हैं ये सब मात्र पचास प्रतिशत और इसमें जनसंख्या का मात्र पंद्रह प्रतिशत निवास करता है दूसरा आंकड़ा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य विषैली गैसें जैसे मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको भी हमने बताया मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रश्न है इसमें क्या है उच्च आय वाले देशों का हिस्सा अट्ठाईस है जबकि निम्न आय वाले देशों का हिस्सा मात्र तेरह प्रतिशत है आंकड़े देखिए तीसरा आंकड़ा दो आंकड़े बताए हमने तीसरा आंकड़ा विश्व भर में 191850 से लेकर 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का, का एक हजार एक सौ सत्तर बिलियन टन उच्च आय वाले देशों का योगदान रहा है फिर डेटा की जरूरत नहीं है आपको लेकिन एक बार आपकी ओर सुन लीजिएगा कि उन जो विश्व भर में उन 1850 से लेकर 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड का, का उत्सर्जन हुआ हुआ 1000 या 1170 बिलियन टन का उत्सर्जन हुआ है और उसमें 750.1 बिलियन टन का योगदान केवल विकसित देशों का रहा है 1170 बिलियन टन में 750 बिलियन टन कार्बन साइड उत्सर्जन का योगदान केवल विकसित देशों का रहा है जिसमें जनसंख्या का मात्र सोलह प्रतिशत निवास करती है और निम्न आय वाले जो देश है उनका योगदान मात्र 24 बिलियन टन रहा है और मध्यम आय वाले देशों का योगदान तीन सौ टन रहा है अब सोचिए कि इनका वो कहते तो हैं कि हम विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं विकास के चक्कर में पूरे मानव जाति को प्रभावित कर रहे हैं 1170 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 750 केवल उन्हीं मात्र देशों का अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का विकसित देशों का योगदान है या औद्योगिक रूप से विकसित देशों का योगदान है बाकी मध्यम आय जैसे भारत हुआ चीन हुआ पाकिस्तान हुआ बांग्लादेश हुआ ब्राजील ऐसे छोटे छोटे जो देश है इनका योगदान मात्र तीन टन रहा और छोटे देश जो अफ्रीका में हैं, अफ्रीका बुराडी चाड, ऐसे छोटे देशों का योगदान कुल मिला मात्र 24 मिलियन टन इनके यहाँ औद्योगिकरण हुआ ही नहीं है तो इन देशों ने तीन डेटा हुआ चौथा चौथा आंकड़ा विश्व में सबसे अधिक प्रदूषक देश संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है यह आंकड़े बताए हैं कि विश्व सबसे अधिक प्रदूषण विकसित तो अमेरिका का जाता जो ज्यादा विकसित है वह विकसित किस रूप में वो औद्योगिकरण से उसी ने ही उसी ने ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित किया है इसलिए यह बात कही गई कि अमेरिका की जिम्मेदारी या विकसित औद्योग औद्योगिक रूप से विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है पर्यावरण हराश को रोकने नहीं ऐसे करके बहुत से आंकड़े हैं चूंकि आंकड़ों में उलझाना नहीं चाहता हूं तत्व से आप भटक जाएंगे आंकड़ों के आंकड़ों क्षेत्र में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे लेकिन आंकड़ों क्षेत्र में थोड़ी से ज्यादा आप लोग को उलझाना नहीं चाहूंगा तो प्रोटोकॉल में इन सब बातों को उल्लेख किया गया और यह कहा गया कि विकसित देशी औद्योगिक रूप से विकसित देशी इन पे ज्यादातर बाधिकारी है रोकने के लिए इनको अपने यहाँ प्रदूषण रोकना पड़ेगा यह तथ्य कहा गया कि जो विकासशील देश या गरीब देश वो औद्योगिकरण करेंगे वह अपने यहाँ औद्योगिकरण करेंगे क्यों क्योंकि अभी तक औद्योगिकरण हो नहीं पाया है हमारे यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाया तो हम लोग गरीब हैं अफ्रीका के जितने भी देश है, भिका, देश, भारत जैसे देश है पाकिस्तान जैसे देश है बांग्लादेश ब्राजील इस जैसे देश जो है वो अभी विकास के उच्च लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए यहाँ गरीबी चरम पे है तो हमें तो औद्योगिकरण करना है लेकिन हम यह वचनबद्धता देते हैं कि हम विकसित देशों से अधिक गैसों का हानिकारक गैसों को उत्सर्जन नहीं करेंगे फिर उसमें औद्योगिक रूप से देश। अमेरिका खासकर अमेरिका बाधा डालते रहा था कि हम इस समझौते को नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी अन्य देशों ने समझाया दबाव दिया अमेरिका पे कि यदि आप औद्योगिक को नहीं रोकते हैं तो इससे क्या होगा मानव जाति पे प्रभाव पड़ेगा मानव जाति पे संकट आएगा धीरे धीरे अमेरिका भी 2009 तक मान जाता है समझौते को लागू करने के लिए 8 तो से 12 तक वो समझौता चलता है लेकिन 8 से 12 तक उस समझौते को कोई लागू नहीं कर पाया था इसीलिए 2013 से 2020 तक का लक्ष्य रखा गया अः एक तथ्य इसमें ट्यूटो ट्यूटो में एक तथ्य और हुआ कि जो वैश्वीकरण का मुद्दा था वो 1850 से लेकर 2011 के बीच तापमान में वृद्धि आठ तो डिग्री सेल्सियस हुई थी 0.8 तो डिग्री ये आंकड़ा सुनने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन इतना भी तापमान बढ़ना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है इसीलिए इस शताब्दी के शेष में पचासी वर्षों में वैश्विक तापमान जीरो तो डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने देने का संकल्प किया गया प्यूटो में तो प्रोटोकॉल में कहा गया 1850 से लेकर 2011 तक जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा है वह जीरो आठ प्रतिशत डिग्री बढ़ाता है 2100 सौ ईस्वी तक तापमान में जीरो दो सात डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है अगर अगर बढ़ता है इसी रफ्तार से वो तीन तक चला जाएगा लेकिन हमको जीरो से अधिक नहीं बढ़ने देना है इसी अगला क्या कहा गया था समझौता में क्या कहा गया था दो कि 2020 तक विकसित देश विकासशील देशों को प्रति वर्ष सौ बिलियन डॉलर की सहायता देंगे इसमें एक प्रावधान और क्या गया कि विकसित विकसित हो गए हैं और ज्यादा हानिकारक देशों को तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह गरीब देशों को सौ बिलियन डॉलर की सहायता प्रतिवर्ष देंगे और वह सौ बिलियन डॉलर जलवायु परिवर्तन पर ही उनको खर्च करना है जलवायु संरक्षण के लिए परिवर्तन हो रहा है उसके संरक्षण के लिए उस रोकना है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा जल अपने अधिक समझौते शून्य लेके आना है उसको क्या करना है शून्य उत्सर्जन जो गैस उत्सर्जन होता है उसको शून्य स्तर पर लेके आना है अब उसमें और बातें क्या हुई जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझौते समझ में आया होगा जो हानिकारक मोटा मोटा बात यह है कि जो हानिकारक गैसे हैं उनको रोकने के प्रयास किया गया और यह जिम्मेदारी देगी कि जो हैं वह क्या करेंगे अपने उद्योगों को अपने जितना कर रहे उतने ही स्थिर रखें उससे अधिक नहीं बढ़ाएंगे उद्योगों को उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे ताकि हानिकारक गैसे कम निकले और चूंकि उन्होंने क्या किया है पर्यावरण को प्रदूषित सबसे ज्यादा किया है तो उनका जिम्मेदारी है कि वो सौ बिलियन डॉलर प्रति वर्ष देंगे अः विकासशील देशों को डोनेट करेंगे ताकि वो पर्यावरण के संरक्षण में लागू कर सके फ्यूचर में कहा भी गया था कि हमें अगर हम औद्योगिकरण करते हैं जिसे जल जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं तो जहां हम नुकसान पहुंचाते हैं जहां औद्योग लगाते हैं उसकी बजाय हमको उतनी ही मात्रा में कहीं और जंगल लगाना चाहिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए स्वच्छ जल की बात की करनी चाहिए अब उसके लिए खर्च होगा खर्च से आएगा पैसा कहां से आएगा तो वह विकसित देश पैसे को देंगे जिससे कि पौधे लगाए जा किसी इसी में एक कार्बन क्रेडिट की भी बात की गई थी कि जो कार्बन को बचाएगा जो कम पर, जो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा उसे उसे पुरस्कार दिया जाएगा या वह अपने कार्बन डाइऑक्साइड जितना बताएगा उसे एक माप होता है उस माप के उसको पैसा मिलेगा तो उसको भी पैसे के रूप में कर दिया गया विकसित देश अगर औद्योगिकरण को तो तेज करते हैं तो और गरीब देश कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानकारक गैसों को बचाते हैं तो उनको भी उसके बदले उनको पैसा देना होगा सब मामला यही था अब क्या हुआ <गी> प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होता है पर्यावरण प्रतिवर्ष सम्मेलन एक दो हजार पंद्रह में पेरिस में एक समझाता दो हजार बारह तक तो अलग अलग देशों में सम्मेलन होते रहा कोपिन सम्मेलन हुआ दो हजार नौ में फिर डरबन सम्मेलन हुआ दो हजार द 11 में दोहा सम्मेलन हुआ 2012 में वार्षा सम्मेलन हुआ 2013 में लीवा समझौता हुआ 2014 में 2015 में पेरिस समझौता होता है उन्नीस अच्छा संतानवे से लेके प्रतिवर्ष जितने भी सम्मेलन उसमें क्यूटो की बाध्यता को बाध्यता को ही बार बार दोहराया गया और पहली बार 2015 में जो पेरिस में जापान की राजधानी पेरिस में जब सम्मेलन होता है तीस नवंबर दो को तो इसमें इक्कीसवी यह कॉन्फ्रेंस क्या था, आप पार्टीज एक में था। इस सम्मेलन में एक सौ भाग लेते हैं 196 देश भाग लेते हैं और इसमें कहा जाता है कि जो क्यूटो का को का आ, क्यूटो का समझौता हुआ था तो उसे और अधिक व्यापक बनाया जाएगा और उसे मजबूती से लागू किया जाएगा कठोरता से लागू किया जाएगा इस पेरिस में क्या क्या समझौता किया गया था क्या -क्या तो दो चार पॉइंट आप सुन लीजिए क्योंकि आंकड़ों की बात है जानना जरूरी है पेरिस में क्या क्या समझौता हुआ था वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से काफी कम रखने तथा दो इक्कीस सौ तक इसे एक दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तक औद्योगिक पूर्व जो उन्नीस सौ में औद्योगिकरण शुरू हुआ था उससे पूर्व की स्थिति पर ले जाने की बात की गई है अठारह से दो के बीच में जो तापमान बढ़ा है 2018 के पश्चात तथा 2023 में और अधिक पांच वर्षों का आकलन किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण का जो तापमान बढ़ा उसे रोकने रोका जाएगा तीसरा एक निर्णय सूची की गई कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए एक निर्णय सूची बनाई गई जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद जब क्यूटो का सम्मेलन समाप्त होगा कि समझौता समाप्त होगा उसके बाद आ, ऐसा नहीं कि 2020 में सब लोग रोग दिवस के औदीकरण को बढ़ाना शुरू कर दें ऐसा नहीं तो 2020 के बाद भी एक समझौता बनाने की बात पेरिस में ही क्या कर दिया गया पेरिस समझौते में ही 2015 में ही बात उल्लेख कर दिया गया था और मौसम परिस्थितियों से गुजरने वाले देशों के हित में यह व्यवस्था की गई कि हानि का नुकसान की भरपाई विकसित देशों से बीमा इत्यादि माध्यमों से वित्तीय सहायता मांगकर किया जाएगा जो हानि होगी जो नुकसान होगा उसका भरपाई बीमा के रूप में विकसित देश करेंगे यह भी पहली समझौते में किया गया ऐसे करके दो चार मुद्दे महत्वपूर्ण थे जिनका मैंने उल्लेख किया कि हुआ क्या अच्छा इन सब समझौतों से हुआ क्या ये तो अः uh, प्रोटोकॉल था और पेरिस समझौता था उसके बाद भी प्रतिवर्ष सम्मेलन होते रहता है जिसको कोप हमने है, कोप हमने बताया कहा जाता है कॉन्फ्रेंस पार्टीज जाता है, ऐसे सम्मेलन प्रतिवर्ष चलते रहते हैं इस सम्मेलन में बातें क्या हुई इन सब सम्मेलनों से निकलता क्या है इसका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इन, इन सब uh, सम्मेलनों से होता क्या है इनसे पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी समझौता हुआ लोग कानूनी रूप से बाध्यता की बात किए कुछ वर्षों तक तो इसको लागू किया गया लेकिन वर्तमान में क्या हुआ पुनः सभी ने समझौते को तोड़ दिया है अपने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाने लगे हैं क्यों क्योंकि इसमें एक समस्या है कि औद्योगिकरण देश और गैर औद्योगिकरण देश औद्योगिकरण देश में हमने आपको बताया कि अमेरिका अ, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश थे गैर औद्योगिकरण में चीन भारत ब्राजील पाकिस्तान आसपास के छोटे छोटे देश थे अब इन देशों ने भी कहा था कि हम औद्योगिकरण हम भी करेंगे हम रोकेंगे नहीं लेकिन आपसे ज्यादा नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपके यहाँ मानव को और और सुविधाएं प्रदान करना है लेकिन हमारे यहाँ मानव के जीवन जीने के लिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए औद्योगिकरण करना है वहां औद्योगिकरण किस लिए करना है कि अपने परिस्थिति को अधिक विस्तार देना है या उच्च जन उपभोग को और बढ़ाना है लेकिन यहां पे क्या करना है हमारे यहां अभी उच्च जन उपभोग को प्राप्त करना है या जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं को का निर्माण करना है इसलिए औद्योगिकरण होगा इस चक्कर में हुआ क्या चीन बहुत तेजी से औद्योगिकरण करने लगा चीन औद्योगिकरण और उसने 2012 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अमेरिका इतना ज्यादा कर दिया कि वह अमेरिका से भी ज्यादा चला गया जो क्यूटो में समझौता था देशों के था विकासशील था नहीं चीन ने अपने ओदो, तेजी से विकसित किया कि वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ाया और वह वह क्या हुआ कि अमेरिका को ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पीछे कर दिया विकसित देशों ने जो औद्योगिकरण से के रूप में अधिक विकसित थे वो आज आज आप पढ़ते भी होंगे सुनते भी होंगे कि चीन बहुत तेजी से विकास कर रहा है बहुत तेजी से विकास कर रहा डरे है, है, है। हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि चीन पूरे विश्व पे औद्योगिक रूप से कब्जा कर ले तो अन्य देश भी औद्योगिकरण को पुनः बढ़ाने लगे और दो हजार बीस क्या उससे पहले ही इस समझौते मामला को से कमजोर हो गया यह समझौता जितने हुए थे कमजोर हो गया इसी में में भारत भारत क्या किया भारत ने 2008 में जब समझौते क्यूटो प्रोटोकॉल के समझौते चल रहे थे तो 2008 में भारत सभी सम्मेलन में रहा है 2008 में इसने कहा था कि हम भी क्यूटो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और औद्योगिकरण करेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे वो जो विकसित देशों के आ, से अधिक हो जाए इसने किया क्या भारत ने इसका आ, थोड़ी से पढ़ ली बता देते हैं आपको जो हमने नोट किया है कि अः उन्नीस सौ संतानवे में, में अपनाई गई क्यों विज्ञप्ति में भारत आ, एक महत्वपूर्ण देश रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई है भारत ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्यबल योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लागू करने की बात की गई थी 2008 में और इसमें आठ तरह के प्रावधान किए गए थे ये आठ तरह के प्राधान कौन कौन थे सौर ऊर्जा नंबर एक भारत ने कहा था कि हम सौर ऊर्जा गैस कोयला आधारित अः ऊर्जा नहीं उत्पादित करेंगे बल्कि सौर ऊर्जा पे हम बल देंगे सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता नहीं है सौर ऊर्जा पे बल देंगे दूसरा ऊर्जा का बेहतर व दक्ष प्रयोग करेंगे जितने भी ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन उनका दक्ष प्रयोग करेंगे तो तीसरा धारी कृषि की विकास करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम विकसित करेंगे जैसे कि कृषि में क्या होता है पर्याप्त मात्रा में कार्मनिक खादों का प्रयोग किया जाए नुकसान पहुंचाते हैं तो भारत ने कहा कि हम सच्चे या धारणी कृषि को बढ़ावा देंगे तीन चौथा धारणी प्राकृतिक वाश की बात किया गया पांचवां जल स्वच्छ जल की बात किया गया कि हम जल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पांचवा हिमालय का इकोसिस्टम बढ़ाने की बात की गई अगला वनों का प्रसार किया गया अगला जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अधिक जानकारी हम लोगों तक तो पहुंचाएंगे ऐसा भारत ने वचनबद्धता वचनबद्धता यह चलते रहा भारत ने भी लागू किया इसको विस्तार दिया गया समय समय पर भारत ने जलवायु परिवर्तन में विस्तार दिया गया और विश्व के पटल पे भारत हमेशा जलवायु परिवर्तन के मुद्रे पे अग्रणी देश बना रहा बना रही है वर्तमान में भी सरकार के मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य हमेशा रहता है कि हम सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा को बढ़ाएंगे लेकिन इसी में हुआ क्या कि औद्योगिकरण के लालच में कुछ नुकसान भी पहुंचा जैसा असीम श्रीवास्तव तथा आशीष कोठारी ने लिखा हुआ है कि जो औद्योगिक रूप से कुछ अः औद्योगिक रूप से कुछ जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति निकले उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और सरकार पर दबाव डालकर मूल मूल ढांचे को जो औद्योगिकरण पर्यावरण संबंधित मूल ढांचा आठ कार्बन योजना बनाई गई तो उसको कमजोर कर दिया यहाँ के तो उद्योगपतियों ने जरूरी भी था अगर हम औद्योगिकरण नहीं करेंगे तो विकसित कैसे होंगे लेकिन औद्योगिकरण करने के क्षेत्र में पर्यावरण नुकसान भी हो रहा है तो असिम श्रीवास्तव आशीष कोठारी क्या लिखते हैं यह कहते कि विभिन्न निहित तो स्वार्थों के दबाव सरकार ने मूल अधिसूचना में बार परिवर्तन किया इन उद्देश्य तटीय में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, करना, खनन करना, तेल व गैस अन्वेषण की अनुमति देना विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना में ढील देना आदि बातों का उल्लेख किया गया इसी के साथ आ, आप जो उल्लंघन किया जा रहा था जो कार्यबल बनाए गए थे तो उसमें उल्लंघन करने के तटीय क्षेत्र में कई बंदरगाह खोल दिए गए उद्योग खोल दिए गए खेल परिसर की स्थापना की गई पर्यटन स्थल बनाए गए अन्य परियोजनाओं की भी स्थापना लगातार चल रही है तटीय क्षेत्रों पर जब तटीय क्षेत्रों पर समुद्र के किनारे किनारे तटीय क्षेत्रों पर इन सब का स्थापना किया जाएगा बंदरगाहों का उद्योगों का खेल परिसर का तो उसे क्या होगा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो असीम आशी, श्रीवास्तव आशीष कोठारी के अनुसार सरकार ने कार्बन तो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन उसमें 19 बार दवाओं में उद्योगपतियों के दवाओं में उन्नीस बार संशोधन किया और उसकी वजह से पर्यावरण पे ध्यान अब लोगों का एक तरह से टूट चुका है या हट चुका है अब पुनः अः औद्योगिकरण के चक्कर में पड़ गए हैं लेकिन फिर मैं कहूंगा तो कि औद्योगिकरण के चक्कर में ऐसा नहीं है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है या निगमों में ढील दिया तो बहुत तेजी भारत की वचनबद्धता मूल सिद्धांत तो वही है कि हम औद्योगिकरण करेंगे लेकिन औद्योगिक देशों से अधिक नहीं करेंगे जब हम उनके स्तर उनके बराबर पहुंच जाएंगे तो औद्योगिकरण को हम भी स्थिर कर देंगे लेकिन हमारे यहाँ जीवन जीने की आवश्यकता है जीवन जीने की जरूरत है जीवन के लिए आवश्यक है औद्योगिकरण करना जितना उतना औद्योगिकरण करेंगे मुझे लगता है समय ज्यादा हो रहा है सात बज के पांच मिनट हो गया तो अभी तो, तो से पर मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी मेन थीम पे आ पाया अभी तो इस तरह से भूमिका ही बढ़ाने में सब कुछ रह गया गया है लेकिन जलवायु परिवर्तन का टॉपिक इतना बड़ा है इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको उसको एक घंटे में बांधना आसान नहीं है क्यों क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैस की बात की जाती है इसमें भौगोलिक स्थिति कि बताना पड़ता है नए लोगों को कैसे औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है कुछ नवीनीकरण जो ऊर्जा के संसाधन है वो दोबारा नहीं प्राप्त होंगे उनका नुकसान होता है कैसे जल प्रदूषित होता है वायु प्रदूषित होता है जिनकी वजह से पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग या आ, या पृथ्वी के गर्म होना बढ़ जाता है इन सब छोटे छोटे चीजों को अगर बताया जाए तो ये काफी लंबा जाएगा लेकिन मैंने आ, मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सभी बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है एक एक दिन शुरुआत से लेकर जो हमने बताया कि प्राकृतिक प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दिया था भोजन जल वायु इन तीनों को जब हम बाजार से जोड़ दिए जब हर चीज को बाजार से जोड़ने लगे हर चीज का मूल्य लेके आए तो तीनों नुकसान हो गए आज हमको भोजन भोजन भी खरीदना होता है जल भी खरीदना होता है अब स्वच्छ वायु भी खरीदना है कई मशीन आ गई है टीवी प्रचार भी आता है कि जाली अपने यहाँ खिड़की में दरवाजे में आप जहाँ से हवा आती है वहां लगा दीजिए स्वच्छ वायु आयु जो हनकारक गैसे उसको रोक दिया जाएगा अर्थात मशीन मशीन के द्वारा आप स्वच्छ वायु प्राप्त करेंगे आप जल भी मशीन के द्वारा प्राप्त कर रहे खरीद के अब वायु भी मशीन से को तो खरीद के ही स्वच्छ वायु प्राप्त करेंगे ऐसा आ, कहा भी जाता है कि इक्कीस सौ के बाद सभी लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने घर में रखना पड़ेगा स्वच्छ वायु के लिए आ, जैसे हम पानी का थर्मस आज देखेंगे कि सभी लोग पानी का बोतल अपने साथ लेके जाते हैं कुछ समय ऐसा आएगा यदि प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण ह्रास पे या जलवायु परिवर्तन पे या प्रदूषण पे हम ध्यान नहीं देंगे जिस प्रकार पानी का बॉटल थर्मस हमले लेके जाते हैं उसी प्रकार हमको ऑक्सीजन भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा अगर यही हाल रहा तो हम इन सब प्रोटोकॉल पेरिस समझौता या प्रत्येक वर्ष जितने कौप के, कौप होते हैं सम्मेलन होते हैं उन इन्हीं सब, सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है मैं अपनी बात को और ज्यादा विस्तार ना देते हुए विराम देना अः मैडम यदि आप हैं तो आप आ, मेरी बातों को सुन रहे तो मैं यहीं पर अपने व्याख्यान को विराम देना चाहूंगा अमित जी अमित हैं क्या आप मैडम मैं अमित हम जितना अ, एक घंटे का टाइम था एक घंटे सुपर टाइम हो रहा है तो मैंने विभिन्न बिंदुओं को टच भी किया है आ, मुझे लगता है छात्रों को अ, इस पे काफी मदद मिली होगी हम हैं।, और से तो हैं जी जी पांच मिनट ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट क्योंकि तो हमें ए, ए, एक कार्यक्रम और इसके बाद है तो सर व्यस्त अगर किसी को किसी किसी किसी भी विद्यार्थी को प्रश्न पूछना है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए आपके पास मुश्किल से डिस्कशन करने के लिए पांच मिनट है है नहीं जी सर मैं जानना चाहता कि क्या भारत अपने लक्ष्य को सातत्विकास के जो लक्ष्य उसके प्राप्ति की ओर है जो नियमों है उसके अनुसार हाँ हाँ हमने बताया ना कि अभी भारत ने 2007 हजार में ही आठ प्रकार के प्रावधान किए थे कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकेंगे आठ कार्बल योजना वो कार्बल योजना छोटी नहीं होती सरकार के सरकार ने उसको बनाया ही है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जहां जहाँ आठ क्षेत्र है उन आठों क्षेत्रों पे बात किया गया था और आज भी भारत उसमें अग्रसर है और हमेशा भारत क्या करता है जब भी पर्यावरण प्रदूषण का पर्यावरण के संबंध में समझौता या सम्मेलन होता है जलवायु प्रवर्तन सम्मेलन होता है उसमें मुख्य रूप से या या प्रमुख रूप से भागीदार रहता है लेकिन हमने इसी साथ यह भी बताया कि असीम और आशीष कोठारी ने अपने लेख में लिखा भी है कि उद्योगपतियों के दबाव में उस कार्यबल पे उन्नीस बार संशोधन भी किया है संशोधन मतलब अपने नियमों में थोड़ी सी ढील दिया है प्रदूषण को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए करता तो, अपने नियमों को बढ़ाता तो है लेकिन थोड़ी सी उसमें ढील भी दिया ताकि औधिकरण हो सके औद्योगिकरण नहीं होगा तो हमें संसाधन नहीं मिलेंगे जो जीवन जीने की आवश्यक वस्तुएं है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो इसलिए औधुवीकरण जरूरी है फिर आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा की भारत अग्रणी देश है या अग्रसर है जलवायु को रोकने के लिए ठीक है धन्यवाद जी वो जी और सही सवाल है और किसी का कोई सवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप देश से नहीं जानता हूँ व्यस्त हैं फिर अपने समझ लिया ये समाज पत्रकाशित नहीं अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा चीज है जो निस्त है जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं या फिर जिसे हम बता नहीं पाए हैं अब फिर बहुत सारे परेशान हो गए हैं बीस घंटे से ज्यादा से परेशान आज साहब ने हम लोग पसंद मित्र है तो इसलिए वैसे साहब ने सबसे बड़ी बात कही है उन्नीस सौ सन्तावे और बा है है फिर उन्नीस सौ सन्तानवे से हर हाँ साल विश्व से किसी न किसी शहर ने ऑफ़ विश्व से तापमान और जल्दी शर्म से समय से दो डिग्री सेंसी से ज्यादा नहीं जाने देना है वही सारी समझौता था सभी सभी देशों पे वो समान से रहता ये वही है ये, आ, मैं जानता हूँ जो जो व्यक्ति विषय से वहन समझ बता हो वही व्यक्ति इस आ सकते हैं इस सभी देशों पे एस था। में था कि से था स्तर से से से निश्चित सीमा नहीं उससे तो आप देखिए बेचते अभी याद नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है हर साल पार्टी सी बैठक होती है सर में तो दिन हर साल का दिन माती तो में हुआ दोहा यहा वहा आप सब देख तो वहां से तेरिस समझौते नहीं हम तेरी समझौता साधारण समझौता नहीं था बहुत ही विशेष समझौता था और वो क्यों विशेष था इसे आप ऐसे समझें समझे विश्व में सबसे बड़ी कौन सी समस्या अतंसवाद है युद्ध है, है महामारी है और पर्यावरण है ये विश्व से बड़ी समस्या है लेकिन अतंसवाद में इधर में महामारी में इतने देश शामिल हैं, बहुत समझ शामिल हैं। बहुत समझौता नहीं सै की समाप्त कर दिया असंसवाद जैसी बड़ी समस्या से भी सारी पचास देशों से ज्यादा देश इस मंच से सभी नहीं आए इस देश और सोचिए में देश दो सौ से ज्यादा दो सौ से ज्यादा देश तेरी समझौता में शामिल से जिसका अर्थ यह है पर्यावरण ही इस मात्र वह विषय है जिसपे विश्व से अधिकांश देशों ने सहमति सहमति देश आपस में समझौता किया है विश्व से इतिहास ने पुनः स्वयं विश्व से इतिहास ने तेरी समझौता से दया समझौता थी थी यहां से से और और साहब भी रहे इस ऐसे यह तो सभी देश अपने अपने और से से हिसाब तो मै समझ से डॉक्टर साहब इन आपने समय दिया मुझ नहीं आया इतना, आ, समय दिया यदि आपको तो कुछ कहना है तो कह सकते हैं तो बाकी मेरे बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद आगे भी आते रहिए विद्यार्थी भरने से आइए बहुत धन्यवाद सर थैंक यू थैंक यू समझते हैं मीटिंग